जनाब कुछ लड़कियों की जवानी तो इसी में गुजर जाएगी कि लड़का लाइन दे रहा है चलो अपना प्याज की तरह सड़ा हुआ भाव खाते हैं। <laughs>